What makes them develop successful habits? And my answer is purpose. क्यों वो लोग पीड़ा सहते हैं जिंदगी में क्यों वो लोग वो सब करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता Because उनका कोई पर्पस है जीवन के अंदर गाय सारा का सारा खेल पर्पस है यूर पर्पस इज योर स्ट्रेंथ आपकी ताकत आपकी मसल्स नहीं है आपकी ताकत आपका बैंक बैलेंस नहीं हो सकता आपकी ताकत सिर्फ एक है कि आपका पर्पस साला कितना बड़ा है जीवन आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ है और जिस आदमी के पास पर्पस नहीं है वो ताकतवर कितना ही हो जिंदगी में कहीं पहुंचता नहीं है